हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश टेक्निकल में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किसान सम्मान निधि की गिराहवीं किस्त कैसे चेक करेंगे आपके खाते में ग्रहवीं किस्त आया है कि नहीं आया है अगर आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा पाते हैं यानी योजना का लाभ आपको सरकार सीधे आपके खाते में भेजती है तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो कि ग्रामीण आपको मिलनी थी 31 मई तक वो आपके खाते में आई है कि नहीं आई है जो किसान अपनी केवाईसी कराए होंगे उनकी सम्मान निधि उनके खाते में दो हज़ार ट्रांसफर हो गई होगी और जो किसान भाई सम्मान निधि यानी के नहीं करवाए होंगे उनके खाते में जो सम्मान निधि दो हज़ार आनी है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है यानी उनके खाते में सम्मान निधि दो हज़ार नहीं आई होगी तो उसके लिए आप केवाईसी भी अभी भी करवा सकते हैं उसका लास्ट डेट अभी भी है तो आइए आपको इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सम्मान निधि है दो हज़ार वो आपके खाते में ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ कब होगा पूरा स्टेटस आपको चलिए दिखाते हैं सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या फिर लैपटॉप में गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरबॉक्स जो भी आपके फ़ोन या लैपटॉप में वेब ब्राउज़र का एप्लीकेशन होगा उसको आप ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ गूगल या उसके सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा पी किसान सम्मान निधि भी टाइप कर सकते हैं आप या फिर पीएम किसान ही खाली टाइप कर देंगे या फिर आपको पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिसियल वेबसाइट पता है तो भी आप टाइप करिएगा नहीं पता है तो आप केवल पीएम किसान ही टाइप करके आप सर्च करवाएंगे जैसे ही सर्च करवाते हैं देखिएगा आपके सामने एक विंडो खुल के आया है जहाँ पे यहाँ पे देखिएगा पी किसान लिखा है इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा जैसे ही आप इसको टच करेंगे यानी इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने पी किसान सम्मान का होम पेज यानी मेन पेज जो है वो खुल के आ जाएगा और आप पेज को थोड़ा सा ऊपर खींचिएगा यानी स्क्रॉल करिएगा और यहाँ पे आप आइएगा तो जहाँ पे आपका ये दिखेगा यहाँ पे डैशबोर्ड का एक हेडिंग है उसको आप सेलेक्ट करेंगे जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने बिजली डैशबोर्ड का आपका बॉक्स आएगा यानी आपके गाँव का पूरा डेटा जो है इसमें फिल है यानी सबमिट है वो आपको दिखाएगा तो पहले आपको यहाँ पर स्टेट लेना है जो भी आपका राज्य है वो आप राज्य ले लेंगे यहाँ से उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछेगा डिस्ट्रिक्ट अपना ले लेंगे जिला उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है नहीं जो अगर आपका तहसील है बस्ती है भानपुर है हरिया रुधौली है यानी जो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत तहसील आएंगे वो उसका इसमें नाम दिया होगा और उसके बाद तो फिर आप यहाँ से विलेज को टच करेंगे तो जो भी आपका गाँव है उसको आप टच करके यानी फिर उसको अब लिख करके सर्च करेंगे चाहे इंटरप्रटर पे करेंगे इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक 100 का टैप दिया हुआ है 100 बटन दिया हुआ है इसको आप सेलेक्ट करेंगे जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपके सामने बिलेज स्टेटस का बॉक्स आएगा यानी पूरा पेज खुलेगा तो यहाँ पे दिया है फार्मर रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड यानी उस गांव में दो या जो भी हैं उसका मतलब उतने किसान जो है वो सम्मान निधि पाते हैं वो रजिस्टर्ड हैं इसमें उसके बाद दिखेगा रिसीव आल पेमेंट लिखा है कितने लोग रिसीव कर चुके हैं या कितने लोग का आधार एक्सेप्ट हुआ है यहाँ पे दिया है कितने लोग का रिजेक्ट हुआ है यहाँ दिया है इनवैलिड किन लोग का है मतलब पूरा जो है डाटा वो इसमें दिया गया है तो आप यहाँ पे आएंगे और इसके बगल में दिया है यहाँ पर दिखेगा पेमेंट की स्टेटस दिया है फिर आपको इसको सिलेक्ट करना होगा जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिएगा इसमें इसमें दिया है रिसीव्ड आल पेमेंट यानी जितने किसान का जो है अकाउंट में सम्मान निधि दो हज़ार रुपये गया है उनके नाम इसमें दिए गए हैं दिखेगा इसको और अगर जो किसी इसमें खाता धारक के बारे में डिटेल और जानना होगा तो यहां पे क्लिक फॉर मोर डिटेल दिया है जब आप उस पर टच करेंगे तो उस जो है किसान का जो पूरा डेटा है वो निकल के आएगा मतलब वो कितना किस पाया है कितना नहीं पाया है तो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं फिर यहाँ पे दिया गया है अगला टाइप है आधार रजिस्ट्रेशन स्टेटस यानी आधार के लोग का एक्सेप्ट हुआ था कल लोग रिजेक्ट हुआ है देखिएगा इसमें दो सौ लोग का एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्टेड मतलब जीरो लोग का मतलब कि किसी का रिजेक्ट नहीं हुआ है इस गांव में फिर यहाँ पर दिया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस जितने लोग रजिस्ट्रेशन करवाए थे ऑनलाइन उनके दिए गए हैं कल लोग काब्जेक्ट हुआ है लोग रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिसीव का जितने लोग का डेटा ऑनलाइन रिसीव हो गया है उन लोग के जो है पूरे नाम इसमें डिटेल्स शो हो रहे हैं जैसे नाम है पापक नाम होंगे मतलब पूरा जो है डाटा इसमें स्क्रीन पे शो हो रहा है अगर आप यहां से नहीं समझ पाते होंगे तो अपने मोबाइल या फिर फोन में सॉरी मोबाइल या फिर लैपटॉप में आप जाएंगे और अलग टैग फिर से ओपन कर लेंगे यहां पर आपको लिखना है किसान सम्मान निधि चेक स्टेटस आप इस पर जाइएगा इसके बारे में हमने एक वीडियो पहले बनाया है वहाँ से भी आप देख सकते हैं या फिर आप यहाँ से ही देखना चाहते हैं तो इस पर आ जाइए यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ लिखा है पीएम एम किसान सम्मान निधि योजना इस पर आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक फिर से विंडो खुल के आएगा जहाँ पे दिखेगा दो तरीक़ों से आप चेक कर सकते हैं यानी यहाँ आधार नंबर से कर सकते हैं फिर नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है ग्यारहवा इसमें आया है कि नहीं आया है यानी दो जो ग्रही किस्त के तौर पर हमको मिलना था वो मिला कि नहीं मिला तो यहाँ पे जो आपका बॉक्स दिखाई दे रहा है जहाँ पे ये लिखा है आधार नंबर तो इसमें इंटर आधार नंबर यानी अपना आधार नंबर आप टाइप करिएगा उसके बाद यहाँ पे जो आप जाएंगे तो गेट डाटा पे आप टच करेंगे तो पूरा आपका डिटेल खुल के आ जाएगा आपके सामने अगर आपको आधार नंबर नहीं पता है तो यहाँ पर अगला आपका अकाउंट नंबर यानी ये जो आपका अकाउंट नंबर है तो इसमें आप अकाउंट नंबर टाइप कर दीजिएगा और यहाँ से गट डाटा से आप जाएंगे गट डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो है आपका बेनिफरी लिस्ट आ जाएगा यानी कि आपका सम्मान निधि कितना आया है कितना नहीं आया है वो एकदम तो तो क्लियर डिटेल दिखाई देगा और ग्राहक सगट जो नहीं आई है आपकी तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है दो चार दिन में आपका जो है जिस जैसे जैसे आपके वैसे करवाएंगे वैसे वैसे आपके खाते में जो है सम्मान निधि पहुँचेगी तो फ्रेंड यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और यदि आपको कोई सुझाव देना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमको आप सुझाव दे सकते हैं धन्यवाद